कैप्टन एट रिस्पेक्ट मोस्ट अब हजारों कैप्टन देखिए धोनी विल चूज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एक मैच विनर मैच फिनिशर वेट कैप्टन वेट गाय हम्बल गाय धोनी का फैन हूँ सीले को काम है उसको पता है, तो ही तो मिल रही लिए जितना करना है मेरी लाइफ में सचिन तेंदुलकर साहब के बाद अगर कोई है तो वो है एम एस धोनी टाइम मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं उनके साथ खेल रहा हूँ कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है तो उस बंदे की तरफ देखेगा सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूंगी मेरी टीम में हो पर वो कभी नहीं होगी हो और वो धोनी I, as a cricketer, as a friend, I'm uh, grateful to him for you know all that he's been to me. I don't need the sentence. He was the, the coolest one. He's not a person who shows a lot of emotion. Great captain, and great team man, and Indian cricket for who has given so much contribution and taken us to the next level. Thank you, Virat. <inaudible> Donny is the most destructive batsman. Donnie is the biggest legend Indian cricket ever had